आईपीएल 2022 के आखिरी यानी सत्तरवें लीग मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पाँच विकेट से हरा दिया अपना अपना आखिरी मैच खेल रही दोनों टीमों ने पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी और की और एक रन बनाए स्कोर खड़ा किया हैदराबाद के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने सबसे ज़्यादा तिरचालीस रन बनाए जबकि पंजाब की ओर से स्पिनर हरप्रीत बराड़ ने तीन विकेट ली वही इस जवाब में पंजाब ने सिर्फ पंद्रह पॉइंट एक ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया टीम के लिए धाकड़ बल्लेबाजू लियंग लैविंगस्टेन ने सिर्फ बाईस गेंदों में नाबाद उन पचास रन उड़ाए इस जीत से पंजाब ने चौदह पॉइंट के साथ छठे स्थान पर सीजन का अंत किया जबकि सिर्फ बारह पॉइंट के साथ हैदराबाद आठवें स्थान पर रहा तो इस प्रकार से कुछ हाईलाइट थी इस वाली वीडियो में तो वीडियो अच्छी है तो वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगली वाली वीडियो